ग्रांड माउंड ग्रांड वैन ये देखो और उससे पहले है ये एक रेस्टोरेंट था ठीक है और यहाँ पर हम अभी हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर तो तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि किस टाइप की है तस्वीरें है यहाँ पे और ये अभी है सात बज रहे हैं सात बज रहे हैं और ये देखिए रोड निकल रही है जा रही है तो देखो यहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स इधर पार्क है बस ये बस यही नज़ारे हैं गई देख सकते हैं तस्वीरें रेंड वेनिश मॉल के तो अभी बनाया जा रहा ही है ये तो हेलो एवरीबॉडी कैसे आप सब आई होप अच्छे होंगे मैं के पी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं तो गाइस आज मैं हूं इस टाइम पे ग्रेटर नोएडा जो कि आपका दन के लिए और आपका कांचना के लिए जो रोड जाती है तो तस्वीर आप लोग देख सकते हैं और आज मैं इसी चीज़ को दिखाने वाला हूं आप लोगों को तो बने रहिए केपी संत के साथ मारो ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही ब्लॉग्स में आप लोगों को बीच में लाता रहता हूँ गाइश तो देख सकते हैं ये तस्वीरें अभी ग्रेटर नोएडा से मैं निकली उतर ही रहा हूँ ये पैरी से तो ये ग्रेटर नोएडा हम जा रहे हैं और आपको बता दूं कि लेफ़्ट में चला जाता है धनकौर के लिए धनकौर के लिए चला जाता है और राइट में हम चले जाते हैं इसमें ये काश और आपका क्या बोलते हैं ये ग्रेटर नोएडा सेक्टर चार सेक्टर पाँच जो अल्फा बीटा गामा जो हैं इधर इस साइड में पड़ते हैं तो आप बने रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए तो ऐसे ही रास्तों से और ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहता हूं और आप लोग एंजॉय इंजॉय करवाता रहता हूं गई तो आप लोग तस्वीरें खुद ही देख सकते हैं कि यहां के जो रोड्स बना रखे हैं ग्रेटर नोएडा के काफ़ी लंबे लम्बे लंबे चौड़े रोड्स हैं और बिल्कुल दोनों साइड में आपको बता दूँ पेड़ पौधे बिल्कुल ग्रीनी ग्रीनी ग्रीन आप लोगों को शाइडों में देखने के लिए मिलेगा गई आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं और आपको बता दूं कि आगे काश्ना और दनकौर वाला गोल चक्कर भी आएगा और गोल चक्कर तब तो फिर हम जाएंगे। आपका परी चौक की साइड में गए तो आपको बता दूं कि यहां से दनकौर और काशना काफ़ी पास में ही है गई क्योंकि काफ़ी पास में पड़ता है यहां पे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और आप लोगों को एंटरटेन किया जाए कि यहाँ पर जो ग्रेटर नोएडा के जो रोड्स हैं वो किस टाइप के बने हुए हैं तो आप लोग दोनों साइड में देख सकते हैं और आपको बता दूं कि एक से एक के यहाँ पर कंपनियाँ आ रही हैं यहाँ पर स्टार्ट की जा रही हैं तो अभी यहाँ पर सोसाइटीज़ भी बन रही हैं तो आपको बता दूँ कि आप लोग अगर डेली में किसी जगह आप रहते हैं और वहां पर दिक्कत हो रही है तो आप ग्रेटर नोएडा सेक्टर चार की तरफ आ सकते हैं सेक्टर पाँच आपको बता दूं क्योंकि ये परी चौक के करीब ही है करीब परी चौक से होगा करीब वही सात आठ किलोमीटर के लपेट में ही होगा परी चौक से तो आपको बता दूं कि जो परी चौक है वहां तो बसापत होगी अच्छी वाली लेकिन जो सेक्टर चार है सेक्टर पाँच है ये धनकोर की साइड में अभी इतनी बसावट नहीं हो पाई है गाइस तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आ गया कासना का गोल चक्कर गाइस देखिए और गोल चक्कर से हम चलेंगे परिस चौक की साइड में तो आप लोग रास्ते खुद ही देख सकते हैं और मैंने पहले भी इस रूट के काफ़ी ब्लॉक तो गिर रखे हैं ग्रेटर नोएडा के तो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लेना मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा वो भी आप लोग देख लेना और मुझे बताना कमेंट करके क्या ऐसे रास्ते की आप लोगों को वीडियोस देखना चाहिए लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊँगा जब आप लोग कमेंट करके हमें बताओगे रास्ते आप लोग देख सकते हो क्योंकि इसमें आपको बता दूँ कि देखिए फोर लेन तो ये है दोनों साइड में फोर लेन है और इसके आपको बता दें कि जो सर्विस लेन है वो भी टू लेन का है दोनों साइड में तो आप लोग चार और चार आठ आठ और चार बारह यानी कि बारह लेन के इसमें यहाँ ग्रेटर नोएडा में रोड्स हैं गाइड बारह लेन के तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोनों साइड में कितना ग्रीनी ग्रीन हो रहा है कोई गड्ढा कोई कुछ नहीं मिलेगा एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा रोड है और आपको बता दूं कि जब ये ग्रेटर नोएडा बताया गया था तो ये मायावती के राज्य में बताया गया था उस टाइम पे मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी गाइस उस टाइम पे तो देख सकते हैं आप लोग क्योंकि पिछला वीडियो में पिछला मैंने जो वीडियो डाला था वो मैंने दिखाया था कि किस तरीके से मायावती ने जो पार्क बनवाया था और उसमें तीन मूर्तियाँ लगी हुई हैं मायावती जी की काशीराम जी की और हमारे जो संविधानकर्ता हैं जिन्होंने सब मैदान लिखा था बाबा भीमराव अंबेडकर ने तो देख सकते हैं आप लोग और नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लेना मैं लिंक दे दूँगा आई बटन में तो आप लोग जाके देखो और ऐसे ही ब्लॉग से देखो के पी संत के चैनल पर पर लाता रहता हूँ और मैं आप लोगों को इंटरटेन करता रहता हूँ गाइज और हम चल रहे हैं ग्रेटर नोएडा सेक्टर चार जो एल्फ़ाबीटा गामा के नाम से हैं गाइस और आप लोग अगर चाहते हो फुल वीडियो तो मैं आप लोगों को दिखाने की मैं कोशिश करूंगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट करके बताना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो तभी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि ग्रेटर नोएडा में कौन सी जगह कहाँ पर बढ़ती है कौन सी जगह है कौन सा सेक्टर है वो आप लोगों को सब कुछ डिटेल के साथ में मैं बताने की और दिखाने की कोशिश करूँगा मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हैं क्योंकि ये सेक्टर चार आने वाला है दूसरा गोलचक्कर आ चुका है यहाँ और दूसरा गोलचक्कर को हम क्रॉस करेंगे देखिए ये सोसाइटीज आप आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी मेरे प्यारे दोस्तों देखिए आप लोग खुद ही देख सकते हैं अपनी आँखों से और ऐसे ही ब्लॉक्स में आप लोगों को बीच में लाता रहता हूँ ताकि आप लोग वीडियोज़ को देखो और आप यहाँ पर आ सको और जा सकूं आपको बता दूँ क्योंकि मैं एक्सप्रेसवे से आया था यानी कि ईस्टर्न पेरीफेरेल से गैस तो वहां से देखिए बहुत ही इजी है क्योंकि आप अगर परिचोक जाते हैं और वहां से अगर जाते हैं सूरजपुर की साइड में या दिल्ली की साइड में तो आपको वहां पर जाम का सामना करना पड़ेगा लेकिन आपको बता दो ईस्टर्न पेरीफेरेल से अगर आते हैं तो आपको कोई ही भी आपको कहीं पर भी किसी प्रकार का जाम जूम नहीं मिलेगा गैस देख सकते हैं आप लोग तो ये तीसरा गोल चक्कर आ चुका है और यहाँ से हम हो जाएंगे, बिल्कुल स्टेट जाएंगे क्यों हम ना सीधे जाएंगे गाइस तो हम जाएंगे देखिए हम राइट हो जाएंगे और ये सोसाइटी आएगी इसी सोसाइटी में हमें जाना है आगे तो आप लोगों को देखने देखने के लिए मिलेगा तो सोसाइटी भी देखने के लिए के कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पर सोसाइटी बनाई है ग्रेटर नोएडा के अंदर भाई साहब और यहाँ के रोड्स बहुत अच्छे हैं आपको बता दूँ कि थोड़ी सी बसावत कम है लेकिन आने वाले टाइम में वो भी हो जाएगी चार पांच सालों के अंदर लेकिन बहुत अच्छी जगह है बहुत बढ़िया जगह है गाइस तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर यहां पर अपना घर लेना चाहते हैं यहां पर तो आप लोग सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग आ सकते हैं और आपको बता दो ये ग्रेटर नोएडा सेक्टर चार में आता है गाइस और सोसाइटी देखोगे तो बहुत ही सुंदर सोसाइटीज बनाई हुई है और रोड्स के रोड भी यहाँ के बहुत सुंदर सुंदर हैं और देख सकते हैं दोनों साइड में यहाँ ग्रीन ग्रीन ही है ग्रीन ग्रीन था ये है चारों तरफ आप नज़र उठा के देखें तो ग्रीनी ग्रीन ही ग्रीन चमकेगा और देखिए आपको यहाँ पर कहीं पर भी अभी ज़्यादा चहल पहल नहीं मिलेगी देखने के लिए तो मुझे तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा इस आपको बता दूँ बहुत ही अच्छा क्योंकि देखिए आगे वाली सोसाइटी में हम जाएंगे आपको देखने के लिए मिलेगा तो कौन सी सोसाइटी है वो भी है ये ग्रेटर नोएडा सेक्टर चार में पड़ता है और ये है कासना के पास में गई और यहाँ से दनकौर पास में ही पड़ता है और आपको बता दूं जेवर एयरपोर्ट और ये जो बन रहा है देखिए ये सोसाइटी आ चुकी है इसके अंदर हम आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर बहुत कड़ी सोसाइटी बहुत कड़ी यहाँ सिक्योरिटी भी है ऐसी वैसी यहाँ सिक्योरिटी भी नहीं है बहुत मुस्तैद रहती है यहाँ की सिक्योरिटी गाइड्स बहुत ज़्यादा मुस्तैद तो चलिए आप लोग इंजॉय कीजिए और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए के को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही ब्लॉग्स में आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और आप लोगों के इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ गाइश तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत का इस मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी थे तो आप लोग एंजॉय कीजिए इस वीडियो को मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ